सुनाता हूँ तुमको अपने युद्ध की कहानी ये प्यार व्यार का चक्कर जैसे कैंसर की बीमारी ध्यान से तू सुनना जो भी बोलूंगा जुबानी लड़कियों से पहले अपनी रख जिम्मेदारी जिंदगी को गवा मत जिंदगी को बना अब नाम करना है जिंदगी में ऐसा खुद को बना अब कामयाबी या बर्बादी दोनों में से चुन मेरा सीन बोलू अगर गौर से तू सुन तुमको लगता मैं घमंडी हूँ ऐसा कुछ शॉट नहीं तरीका मेरा गलत लेकिन सोच मेरी बहुत सही खुद के अलावा मुझे किसी का भी खौफ नहीं और लड़कियों के पीछे पढ़ू ऐसे मेरे शौक नहीं बड़े घर की लड़की पे मरता नहीं फालतू की बातें ज़्यादा करता नहीं खुद में मगन किस जलता नहीं बेड़ा मुफ्त की रोटियों पे पलता नहीं। मेरी के लौंडे में से मैं काम करूँ तो गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कर मैं माँ बाप का नाम करूँ लड़कियों के चक्कर में घास नहीं टाल फालतू के शौक है नीचे लेकिन नूची रखना सोच लड़कियों की जगह अपने आप को तुखोच अपने आप को तू खोज के तू बना अपनी पहुंचा काटने से पहले अपने माँ बाप का सोच फाल, फाल चढ़ा यहाँ पे सबको बुखार है करियर पे ध्यान दे ये सब कुछ बेकार है सबे धोके बाद खाली गिनती के यार है ज्यादा मसूच के सिर्फ दो दिन का प्यार है बैलेंटाइज का चढ़ा यहाँ पे सबको बुखार है करियर पे ध्यान दे ये सब कुछ बेकार है तबेदों के बाद खाली गिनती के यार है ज्यादा मत सोच ये सिर्फ दो दिन का प्यार है ये दो दिन का प्यार और ये चार दिन की चांदी आज पूजा कल डिपल पर चांदी चार बोतल बोट का, का, का नमूना दिखाता हूँ अरे क्या बंदी है चलो इसको फॉलो करो गाड़ी घुमा के घर तक उसका पीछा करो इतनी मेहनत तुम लोग अपने काम में लगाओ और मोहब्बत का नाम सालो नाम तो मत करो हो जाते उदास ये लोग क्रश के इग्नोरिंग से यहाँ दिन निकल जाता मेरा कानों की रिकॉर्डिंग से मेरी सुबह होती मेरे वार्म अप से इनकी सुबह होती इनके बाबू के गुड मॉर्निंग से कितना पैसा दोनों ने लगाया ये yeah. लड़ाई होते ही साथ में गिनाया और बचते ही मैसेज जाया क्या मेरे बाबू ने खाना खाया अरे नहीं खाए तो आके तू खिले क्या बीमार था जब दवाई तू पायी थी क्या हर बात पे बोलते ये खाओ मेरी कसम बाबू सोना लव लसन दिन में सौ बार ये लोग आई लव यू बोलते ना क्या थी वो लाएंगे वो कहने में बोलते ना कहते हैं कुत्ता इस चाह में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए गलती करते खुद बाद में पछताते इतना बोलने पे भी ये लोग समझ नहीं पाते इतने सारे लोग भरे पड़े इस दुनिया में और इनको इनके प्यार स्कूल में ही मिल जाते पैलेंटाइज का चढ़ा यहाँ पे सबको बुखार है करियर पे ध्यान दे ये सब कुछ बेकार है सभ्य धो खाली गिनती के यार है सादा मसूच दो दिन का प्यार है पेलेंटाइज का चढ़ा यहाँ पे सबको बुखार है करियर पे ध्यान दे ये सब कुछ बेकार है सबेदों के पास खाली गिनती के यार है ज्यादा मत सोच के सिर्फ दो दिन का प्यार चार लाइन में ही ले लूंगा मैं तुम सब लोगों की अकेला ही बदलूंगा सोचने लोगों की इतना कुछ कह दिया समझो मेरी बात को चलो अभी बात करते नोट वाले लोगों की ये पैसा पैसा करके मेरा भेजा मत, मत दिखाओ ये नोटो की गर्मी धरमत दिखाओ घमण दिखाते साले अपने अमीर बाप की दौलत पे तब मैं तो कुछ से कमा के दिखाओ सोच इनकी ठंडी खाली कपड़े है गर्म गर्म होलिये से कडकली लिख नीयत से नरम नरम क्राइम करके रिश्वत देते आती नहीं शर्म सिर्फ अंग्रेज आने पे इतना घमंड चलो इनकी भाषा में इनको ही समझाता हूँ